शांताकारुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश विस्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगिभिर्ध्यान गम्य वंदे विष्णुवयहर सर्वलोकायकनाथम जिनकी आकृति अतिशय सांत है है है वह जो जो धीर गंभीर है। भुजक शैनम का अर्थ दर्शकों होता है, जो नाक की पर किए हुए हैं या विराजमान हैं पद्मनाभम जिनकी नाभि में कमल है जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी सुरेशम जो देवताओं के भी ईश्वर है विश्वाधारम जो संपूर्ण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 वंदे विष्णु भव भय हरम सर्व लोक एक नाथनम तो लक्ष्मीकांतम मतलब होता है कि ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयनम कमल नेत्र जिनके नयन कमल के समान सुंदर है योग भीड़ ध्यान गम्यम को तो यदि आप तोलेंगे तो तो जो योगी योगियो, जो योगियों द्वारा ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या को तपस्या के द्वारा ध्यान करके तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं और जिनकी तपस्या से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 शाम को मिनट पर नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा इसके रहे रहे रहे इसके गर, इसके इसके उपरांत उपरांत उपरांत और अंतिम जो ये पूर्व फाल्गुनी योग सिद्धि राहुकाल की बात कर लेते होती है करना वर्जित है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 ऊर्जा से आज आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई पड़ेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज पुरुष सूक्त का पाठ करिए और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करिए सब कुछ बेहतर होगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा और दर्शकों